सिंगरौली में एनटीपीसी टी विद्याचल के द्वारा बालिका सशक्तिकरण अभियान 2023 हजार तेईस अंतर्गत शीतकालीन सत्र कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है सत्र की शुरुआत मेडिकल चेकअप एवं पंजीकरण के साथ हुई इस कार्यशाला में आसपास के गांवों के सरकारी विद्यालयों की बालिकाएं भाग ले रही है एन सिंगरौली द्वारा कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं एनटीपीसी टी का उद्देश्य रहता है की समाज में हर व्यक्ति आगे बढ़े इसी उद्देश्य के चलते एनटीपीसी टी विद्याचल ने बालिका सशक्तिकरण अभियान 2023 के तहत बालिकाओं के लिए सात दिवसीय शीतकालीन सत्र कार्यशाला का आयोजन किया है इस सत्र का आयोजन क्षेत्रीय ज्ञानार्जन संस्था के सभागार में किया गया है इस कार्यशाला में आसपास के गांवों के सरकारी विद्यालयों की बालिकाएं भाग ले रही है जिसकी शुरुआत मेडिकल चेकअप एवं पंजीकरण के साथ हुई जिसमे प्रतिभागियों को पूर्व में दी गई अंग्रेजी कंप्यूटर सामाजिक विज्ञान